क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है इससे आप अगर जितना ज्यादा दूर रहोगे ना उतना ही आप जीवन में खुश रह पाओगे समय विनाश और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो अगर जीवन में उड़ गए ना तो कभी जीवन में वापस नहीं आते जीवन के इस शरण में खुद को ही प्रश्न और खुद को ही अर्जुन बनना पड़ता है रोज अपना ही साथी बनकर जीवन में इसी महाभारत को लड़ना पड़ता है